कैसे मोड़ दू ये राहें जिन जिनपे चल रहा हूँ बस एक ख्वाब है उसे ही पूरा कर रहा हूँ तुम्हें यकीन होगा हाथों की लकीरों पे मैं मेरी ये कहानी अपनी ही कलम से लिख रहा हूँ बातें नसीब की फिजूल से लगे है